जय हिंद ये हिंदी का पार्ट थ्री है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न के साथ कमेंट बॉक्स में पूछा गया था ये जो निशान बना है हिंदी में इस चिन्ह को क्या कहते हैं क्या विराम चिन्ह कहते हैं या हंसपद कहते हैं या विवरण चिन्ह कहते हैं या फिर योजक चिन्ह कहते हैं इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना चाहिए था हंसपद प्रश्न नंबर ग्यारह सदाचार में कौन सा उपसर्ग है सत है आर है आचार है या फिर सद है इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया है सद तो ये बिल्कुल गलत है इस सवाल का सही जवाब है सत प्रश्न नंबर बारह संस्था उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है इसमें अनुजीवी है अपशब्द है प्रकर्ष है लाचार लाचार जो है शब्द वो संस्था उपसर्ग नहीं है प्रश्न नंबर तेरह अति उपसर्ग का क्या अर्थ है क्या अति उपसर्ग माने पीछे होता है या समीप होता है या आगे होता है या अधिक होता है तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग गेस करिए इस प्रश्न का सही जवाब है अधिक बाहुल्य भी कहते हैं अधिक लिखा हो या बाहुल्य लिखा हो बातें की प्रश्न नंबर चौदह अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है अध है क्या अति है या अधि है या, या अच्छ है गेस करिए इस प्रश्न का सही जवाब इस प्रश्न का सही जवाब है अधि अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है रिक्शा किस भाषा का शब्द है क्या अंग्रेजी भाषा का है उर्दू भाषा का है तुर्की भाषा का है या फिर जापानी भाषा का है इस प्रश्न का सही जवाब है जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा प्रश्न नंबर सोलह अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है क्या यह पुर्तगाली का, का है या अंग्रेजी भाषा का है डच भाषा का है या फिर फ्रांसीसी भाषा का है इस प्रश्न का सही जवाब है अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है प्रश्न नंबर 17 रेलगाड़ी कैसा शब्द है क्या रेलगाड़ी विदेशी शब्द है या फिर देसज है या तद्भव है या फिर संकर है इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया विदेशी तो ये गलत है इस प्रश्न का सही जवाब है शंकर रेलगाड़ी शंकर शब्द है प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है क्या कर प्रत्यय है आकर प्रत्यय है अर प्रत्यय है या भाकर प्रत्यय है इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया कर तो बिल्कुल सही जवाब है पर भाकर में कर प्रत्यय है प्रश्न नंबर 19, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं क्या संज्ञा के साथ जुड़ते हैं या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं या फिर क्रिया के साथ जुड़ते हैं या फिर अभ्य के साथ जुड़ते हैं इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ये करिए इस प्रश्न का सही जवाब है क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं प्रश्न नंबर बीस अजायब घर है कैसा शब्द है क्या देशी शब्द है शंकर शब्द है विदेशी शब्द है या फिर तत्सम शब्द है इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का जवाब देंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद